बतमीर केलगा केलना थोड़ा छंटी कुगति जो आया मेरा केल ना थोड़ा छंटी कुगति जोया मेरा केल ना कुगती रे बतमीर केलगा के ये रे ये लंगा